The last ride. ये। मैसे, मैसे। बहुत मुश्किल हो रही है पे. क्लास. से सुपारी के बात. ये ये हमारी अबे उल्टा हो गया चलो ओह बाबू बाबू रंडी रंडी रंडी और आप अभी सबसे पहले इस क्लास में यहाँ पे मेरे यहाँ पे एक हसीन औरत बैठी थी और वहाँ पे मैं बैठा था इसकी शक्कल दिखाई यार क्या बने तमीज नहीं आप अब अब उसके बाद ये हमारी ये ये पे हमारी हमारी क्लास क्लास क्लास दूसरी है फुल अरे कहना क्या चाहते हो नहीं याँ याँ इस तो। सबसे पहले में हमने बहुत हैं इसका क्या सीन है इस क्लास का सीन है यहाँ बैठ के हम मिला चल हम तो हम आते ही थे तो था था। में थे में आए जब आ, जब हमारे आखिरी दिन चल रहे थे अरे साले ये बात है कैबरी पे नहीं बोलते लिए बेस्ट क्लास हाँ हा। क्या क्लास ही आ है थी ये, ये सातवा नहीं कुछ था इधर कुछ सीन इधर क्या, क्या सीना था वहाँ एक माली होता था मैं पर पर होता था बस ही अच्छा जी हाँ जी अब अब अब प्रेजेंट कहा जाना ये बना हो है यहाँ हुआ था यार इधर हुआ था जी अर्ज अर्ज करो क्या हुआ था हाँ हाथ बताए क्या है क्या हुआ था आप यहाँ पे एक महिला बैठी थी मैंने आपको मेरे से मेरे से से मैं कहती ना बात को बर्बाद हाँ हाँ देख रहे ये ये जट की भी सबसे पहली क्लास इधर अकेले बैठा होता था जट <laughs> वो चलो मुझे तो ये ये ये तो रह गई यार एक मिनट ये आर यू कमेडी टाटा चलो यार नीचे चले वापिस लेट्स गो द लास्ट ऑफिशियल वो वो ना यूनिफॉर्म प्लीज अबे खलीफा चुप हो द ग्रेट अहमद भाई द ग्रेट अहमद भाई द ग्रेट अहमद भाई ये इनके साथ नहीं आया राहुल स्कूल में चल वो तो लास्ट चूठा स्कूल से वापिस आते हुए खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय